अपने, अपने फ्रेंड से भी पूछा की तुझे क्या लगता है मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं तो उसने बोला की ठीक है, है तो डेफिनेटली स्टार्ट कर मुझे आज भी याद है उस बात को दो साल हुए जब नया नया लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बस मैंने तब सोचा कि ठीक है बाद में जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे और इस चक्कर में ना आज तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाई एंड इट्स जुलाई द मंथ ऑफ माय बर्थडे और इस शुभ मुहूर्त पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है और आज फाइनली मैं अपनी जिंदगी का पहला ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस आई होप यू लाइक इट पता है मैंने सोचा था जब मैं अपना पहला व्लॉग बनाऊंगी ना तो फिर बाहर जाके शूट करूंगी जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे होंगे ठंडी ठंडी हवाएँ चलेगी और वो स्लो मोशन में ना मैं अपने जुल्फ़े उड़ाऊंगी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मतलब नासिक में इतनी बारिश हो रही है कि चलो एक टाइम पे मैं बाहर चली भी गई जहाँ पर ठंडी हवा भी है, हरे भरे पेड़ भी है पर ये बारिश आएगी ना तो मेरे सारे बाल चिपचिपे हो जाएंगे और चिपचिपे बालों में कौन ही स्लो मोशन बनाता है यार कितना अजीब लगेगा वो और मैं कोई हीरोइन तो नहीं हूँ ना कि चलो मेरे बाल पूरे भीग गए और मैं स्लो मोशन किया नहीं हमारा वाला अलग होता है जब हम स्लो मोशन करने जाते हैं तो मतलब... सारा मूड खराब हो जाता है तो मैंने सोचा की चलो ये नहीं हो पाया तो ठीक है व्लॉग ही बनाना है ना तो घर पे बना लेंगे उसमें कौन सी बड़ी बातें हाई चिड़िया हो यू Good, how are you? हम तो तो तो तो बस यहां तुम्हारे ब्लॉग की शोभा बढ़ाने आए हैं. पता है है ये ये वाला पिंपल ना कुछ ज़्यादा ही कर रहा है मुझे. मतलब पहले तो यहां आया था. तो तो गया नहीं. पर उसके साथ साथ इसे भी लेकर आया नाउ यून सी सबके सब बसते जा रहे हैं यार. एक कोई बात नहीं मतलब भी नहीं। तो अभी मैं आई हूँ छत पर एक्चुअली मैं रोज ही आती हूँ पर दो तीन दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो आ नहीं पाई मैं बारिश होने के बाद का जो मौसम होता है ना यार मुझे बहुत पसंद है वो मतलब ये खुला खुला आसमान अन बड़ा बेमान है बड़ा बेईमान है बहुत लग लग मत करो रन रन लो बुरे बनाना इतना भी आसान नहीं जितना मैंने सोचा था मतलब सब कुछ इतना प्रॉपर तरीके से होना कैमरा एंगल और मुझे तो ढंग का कैमरा भी पकड़ना नहीं आता बट स्टिल I'm learning. एंड आई नो दिन मैं जरूर इसमें प्रो बन जाऊंगी। बना के आज बहुत बहुत बहुत अच्छा अच्छा, अच्छा। लगा। fact, ये देखो। आज आज का मेरा बहुत ही अच्छा। मतलब ही मतलब अच्छा। मुझे रेनबो भी दिख गया चलो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कितना तो प्यारा है ना वाह के लिए बहुत हो गया क्योंकि सब कुछ आज बोल दूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं तो आपको मेरा ये छोटू सा प्यारा सा सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो